किसी काम की है तेरी जवानी उदक उ चलती है क्यूं? मेरी फ्रेंड से चलती है क्यों? खिचड़ी तेरे अंदर भी पकड़ी फिर भी ऐसे बनती है क्यों? इतनी इटलाती है क्यों? इतनी बल खाती है क्यों? दिल तोड़ने की जब है फितर